हाँ ये ये यहाँ पे घुमा के लगाओ यहाँ पे लगाओ यहाँ पे ये सात नंबर बेटा सात नंबर यहाँ लगेगा ये सात नंबर यहाँ पे यहाँ हाँ इधर इधर आठ नंबर पे ये साइड यहाँ पे हाँ यहाँ ऐसे घुमा के इधर से इधर से ऐसे ऐसे घुमा के लगाओ घुमा के घुमा के बेटा घुमा के घुमा के लगाओ अंशु ऐसे ऐसे ऐसे घुमा के बेटा एस, एस, एस, एस एच चार नंबर हाँ एक नंबर यहाँ पे थैंक यू तीन नंबर इधर इधर इधर इधर यहाँ पे यहाँ पे इधर घुमा के लगाओ इसको घुमा के घुमाओ घुमाओ इसको घुमाओ ऐसे ऐसे घुमाओ बेटा अरे यार अंशु ऐसे नहीं घुमा सकती हो आप हाँ ऐसे थैंक यू okay. हाँ नाइम ऐसे घुमा के लगाओ घुमा के और घुमाओ और घुमाओ अरे ऐसे घुमाओ अच्छे नौ नंबर हम्म हाँ यहाँ ये दमाओ हाँ ऐसे थैंक यू तो ये एक सेकेंड हाँ लग गया हम्म नाइस nice. <laughs>